गाइज इंडिया को अपना कच्चा तीवो आइलैंड श्रीलंका से वापस चाहिए जी हाँ गाइस ये वो आइलैंड है जिसे साल 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को सौंप दिया था लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अचानक से इंडिया को इसकी क्या जरूरत पड़ गई दरअसल ये आइलैंड इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली हमारे भारतीय मछुआरों के लिए जिनकी लाइफ ही यहाँ से आई मछलियों पर डिपेंड करती है लेकिन ब्रिटेन के एक रूल की वजह से साल उन्नीस में एक अग्रीमेंट साइन हुआ जिसके बाद ये आइलैंड श्रीलंका का हो गया पर श्रीलंका ने इस चीज का गलत फायदा उठाया और इंडिया के लोगों को यहां आने से बैन कर दिया यही नहीं यहां आने वाले सभी को भी कर लिया गया इसलिए इस और वैसे भी इंडिया श्रीलंका को दो बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का लोन देकर पहले उसकी बहुत ज्यादा मदद कर चुका है लेकिन गाइज बावजूद इसके क्या श्रीलंका इंडिया को यह आइलैंड वापस करेगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे लाइक मिलते हैं अगली वीडियो में